aram bula dobara tujh mein toh aram bula jee chulake jee khel jaake raate hare Rakesh, Rakesh, Rakesh, Rakesh, Rakesh, Rakesh, DJ, Rakesh, DJ, Rakesh. DJ DJ le kar yaad dil li par tumne resh raage main zaba ve ka ka tuj ko kaat ke lu yaene mujhe ko arde mein tere so gaya dil na hai pata tha iske kuch kaha tha tune hans ke main bhi par tera ho gaya ab na sunne va mil gaya tha aankhiyon mein todin jo ser mera haas तेरा जोरों से नमकता है किसी और में क्यों मेरा चांद नमकता है बेतरे से प्यार का सहारा न मिला सहारा न मिला ऐसा वो मुझे सुना सुनना राजेश राजेश क्या राकेश राजेश राजेश Ganesh Ratnes Ganesh Ratnes Ganesh Ratnes Harpal राजेश, राजेश, डीजे, डीजे, राधे डीजे, राजेश, राजधे राधे डी जे राधे डी जेजे राधे I will come to see you. थी। मैं संभलता अभी तो आखिर कैसे मैं संभलता अभी तो आखिर कैसे मुझे कल मोड़ पर वो किसी और के साथ दिखाई दे मेरे लगे मेरा कितने दिल में मेरे सोने सोने मेरा कितने दिल में लग के सरिया गया रंग जाओ क्रेवे रेनी सारी तेरी उस में तो नहीं, डीजे, री को सखल छटते नहीं है तो तो तो तो मैं J dancing dosti ka jab tere mm paas na hai -hmm. aise kona mila jisme to be alright but feel it like DJ Rakesh, DJ Rakesh, DJ Rakesh, DJ Rakesh, DJ Rakesh, DJ Rakesh, Rakesh, Rakesh. I'm at your house, but you're not home. I don't know when or why.